हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शांतनु डी जी नेट आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम एस एस में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो आपका कीमती वक्त ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है बुक का संबंध किससे है आंसर है राव अगला क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एक मुजरिम को फांसी सजा से मुक्त करा सकता है या माफ कर सकता है तो हमारे संविधान में अनुच्छेद बहत्तर में ये प्रावधान है और ये लिखा गया है कि अनुच्छेद बहत्तर के तहत राष्ट्रपति एक मुजरिम को फांसी सजा से मुक्त करा सकता है डिंको सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है या किस खेल से है तो इसका आंसर है मुक्केबाजी से डिंकू सिंह हमारे भारत की तरफ से खेलते हैं खेलते थे और ये मणिपुर के रहने वाले हैं उन्नीस में, में एशियाई गेमों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था भारत की तरफ से और उन्नीस में ही इन्हें अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था हमारा अगला क्वेश्चन है 2020 में टेस्ट क्रिकेट से किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया तो हमारे कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया था और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला 2007 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया इन्हें उस समय इस अवार्ड का नाम राजीव गांधी खेल रत्न था और साढ़े सात लोग साढ़े सात लाख रुपए समय राशि दी जाती थी 2021 में इस पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद्र अवॉर्ड कर दिया गया है और राशि पच्चीस लाख कर दी गई है 2009 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था और हाल ही में कुछ समय पहले 2018 में पद्म भूषण से नवाजा गया चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है इसका आंसर है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है हमारा अगला क्वेश्चन है माइकल फ्लिप्स किस खेल से संबंधित है ये अमेरिका के तैराक है भाई और 23 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है हमारा अगला क्वेश्चन है 1712 सौ ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम ने अगला क्वेश्चन ये थोड़ा रीजनिंग के तरफ से टाइप से पूछा गया था कि अफगानिस्तान की राजधानी अगर काबुल है तो ऑस्ट्रेलिया की क्या होगी तो इसका आंसर है कैनबरा हमारा अगला क्वेश्चन है वी, -वी में अंतिम शब्द टी का अर्थ क्या है तो इसका आंसर है ट्रेल और वी, -वी का फुल फॉर्म है बोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की थी तो महात्मा गांधी की 145वीं जयंती में जयंती के अवसर में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर 2014 से ये अभियान निरंतर चलता आ रहा है और हमारा जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है लगातार इस बार भी पाँचवीं बार उनमें स्वच्छ भारत अभियान में पहले नंबर पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन नवम्बर दो में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया तो इसका आंसर है सुदीप त्यागी हमारा अगला क्वेश्चन है किस बैंक को 1955 के पहले इम्पीरियल बैंक कहते थे तो इसका आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों इस बैंक की बहुत सारी शाखाएं विदेशों में भी सबसे ज्यादा शाखाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है भारत तरफ से और सत्ताईस जनवरी उन्नीस को इसकी स्थापना हुई थी जब इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे इसे और इसके जो फाउंडर थे जॉन मेनार्ड थे और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है पहाड़ का पर्यायवाची हिंदी से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे पहाड़ का पर्यायवाची शब्द बताइए तो इसका आंसर है पर्वत शैल नग नग भूधर अंचल महीधर गिरी और भूमिधर अगला क्वेश्चन हमारा राजा का पर्याय शब्द बताइए तो इसका आंसर है नृप भूपति भूप नरेश नरपति नरेंद्र अगला क्वेश्चन आया था योजनाओं से संबंधित सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम कितनी राशि जमा कर सकते हैं तो इसका आंसर है दो रुपए अगला क्वेश्चन है अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ बताइए तो आंसर इसका लक्ष्य प्रयास करना अगला क्वेश्चन है नाक काटना मुहावरे का अर्थ बताइए तो इसका आंसर है बदनाम करना जिसकी नाक काट देना मतलब बदनाम कर देना जैसे की नाक कट गई थी प्रयाग प्रशस्त अभिलेख किस भाषा में है तो भाषा ली भाषा संस्कृत लिपि ब्राह्मी मुंबई के मजगाव में कौन सी नई पंडुबी को शामिल किया गया तो इसका आंसर है बेला 2023 में पुरुष वर्ल्ड कप कहा आयोजित होने वाला है तो उसका आंसर है भारत में 2023 का पुरुष वर्ल्ड कप आयोजित होने वाला है और शायद 2036 का जो ओलंपिक है वो भी भारत के शहर अहमदाबाद में आयोजित होने वाला है अभी इसकी घोषणा हो गई है और होने वाली तो कुछ रीजनिंग से भी क्वेश्चन आए थे तो जो कि मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे पोर्स याद हैं किन किन पोर्शन से वो क्वेश्चन पूछे गए थे तो कोडिंग डी से वही तीन से चार क्वेश्चन थे स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन था और मिसिंग नंबर से दो क्वेश्चन आए थे मुझे ब्लड रिलेशनशिप से एक क्वेश्चन था एज से वही दो क्वेश्चन थे और ये सर्कल बना हुआ है मतलब ये सेटिंग अरेंजमेंट कि कुछ लोग एक मेज में या एक सर्कल के सामने मुँह करके बैठे हैं या उन्मुख सम्मुख बैठे हैं तो ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन थे अब हमारे मैथ्स के पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन आए थे तो वो आपको बता दूँ एस आई इंटरेस्ट कम्पाउंड इंटरेस्ट मतलब साधारण व्याज चक्रविधि व्याज से दो क्वेश्चन तीन दो से तीन क्वेश्चन थे परसेंटेज से दो क्वेश्चन थे एज से वही एक क्वेश्चन था वर्क एंड टाइम से तीन क्वेश्चन थे पाइप एंड सिस्टम मतलब पाइप एंड सिस्टम से वही थे तीन क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम से हालांकि चार क्वेश्चन आए थे इसमें जैसे बोड मास से रिलेटेड बहुत चार क्वेश्चन थे प्रॉफिट लॉस से भी थे और मैंश्योरेंस से अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें जय हिंद